दिल है दीवाना अरे उतने गुस्सा ना कर पीछे वाला जोरदार डांस होगा क्या बात कर वाल प्यार का का प्यार का राधु काम का कम जब दिल में, तोर से प्यार है तोर से है तोर से, है तोर से प्यार हो गया नसा, का था प्यार का नसा, का था जब से चढ़ा मोरे दिल में और से प्यार हो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 धर ला, से लाभ गिला धर से प्यार फल भूल नहीं पर ना तो गए कभी हम कभी ना कभी आई कभी न करो नो प्यार का नफ का सा प्यार का नफ का सा जब से चढ़ा लग मोरे दिन kela dor se la ma hange la sa dor se pya ma hange la जो ज्यादा